दोस्तों घर पर बैठे बैठे बोर हो गए हो और दो के सभी ट्रेंड ने भी थका दिया है और कुछ नया देखना चाहते हो तो आप सही वीडियो पर आए हो मैं आपको ऐसी ही वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको ज़ोर जोर से हँसी आने लग जाएगी और शायद आपका पेट दर्द भी होने लग जाए अगर आपको थोड़ी सी भी खुशी आई इन वीडियो को देख कर, तो हर किसी के पास शेयर कर देना ताकि हर किसी के चेहरे पर आ जाए आप इन वीडियोज़ को देख लीजिए क्या मित्र आ दुनिया एक माया जाल है पर क्या राहुल को बनबस की बात पूछी